जो नहीं है और जन्मोत्सव के सक्सेसफुल रहा उनका कार्यक्रम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नमस्कार मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट ऑफ बीबीसी 24 फोर इंटू सेवन में हम खड़े हैं ऋषि भवन के प्रांगण में जहाँ पे ब्रह्म समाज का आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है यह ब्रह्म समाज के बारे में मैं आपको बता दूं। यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है आए समय गाये बग, गाहे बगाहे या समाज में बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं जो सभी जानते हैं इस विषय में तो आप आइए हमारे साथ अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके यहाँ के परिदृश्य को आपको और अच्छी तरीका से दिखाते हैं जैसे कि मैं बता दूँ रक्तदान देने से केवल दो आदमी ही नहीं उससे जुड़ा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं सभी को बहुत ही लाभ होता है और आनंद आता है इसकी एक अलग ही खुशियाँ होती है तो हमारे साथ चलिए यहाँ पर समाज के पदाधिकारी हैं जिनसे आपको मैं रूबरू करवाता हूँ और चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं आप सबका दिन शुभ हो आइए आंध्र सर हमको बताइए कि ये ब्लड डोनेशन कैंप में कितना एज का आदमी लास्ट पार्टिसिपेट कर सकता है और मिनिमम और मैक्सीम दोनों बताइए है। जी सर ब्लड डोनेट कर, है। लास्ट कर दे सकते हैं और लास्टी फाइव तक ले सकते हैं जी सर सर आज हमारे शिविर में यहाँ पे लगभग कितने लोग आए सर डोनेट करने थर्टी फाइव लोग दे चुके हैं जी तो तो तो तो है। सर टोटल हैं अपना टाइम निकाल करें सर ब्लड डोनेशन करने के बाद में किस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जी सरिया नहीं है वॉलीम कम नहीं है जी सर और सर क्या, क्या खाना पीना वगैरह कुछ विशेष उस पर नहीं सर ज़्यादा खाना नॉर्मल डाइट और सर किस डिज़ीज़ के मरीज जो है ब्लड नहीं दे सकता तो है सरिया अच्छा अच्छा सर कोई भी बीमारी है जी सर अच्छा अच्छा चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो चाहे सर आपका नाम और आप टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकलिस बहुत बहुत धन्यवाद सर तो आप सबका कैसा रहा अनुभव आज जो ब्लड डोनेशन कैंप रक्त दान शिविर में जो आप लोग आए हैं कैसा लगा जी लोग कोशिश तो कर रहे हैं आपका नाम स्वागत है आपका मैं पंकज आपको कैसा रहा अपना अनुभव बताइए कैसा लगा क्या नाम है आपका स्वागत है आपका धन्यवाद स्वागत है आपका आपको कैसा अनुभव रहा उसके बारे में बताइए मुझे रक्तदान करने में बहुत ही आनंद आता है मुझे सोच सोच के आनंद आता है कि इसके पहले भी दिए हैं रक्तदान हाँ दिए तो आपको कहीं से भी कोई मतलब भय नहीं लगता है जो ज़्यादातर जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग आतंकित हो जाते हैं और देना नहीं चाहते हैं तरह तरह की गलत भावनाएं हैं भ्रांतियां हैं उनके बचपन से डर नहीं लगता है क्या नाम है आपका धन्यवाद आपका स्वागत करता हूँ क्या नाम है आपका तो कैसा लगा आपको आज ब्लड डोनेशन कैंप में आकर के बहुत अच्छा लगा स्वागत है आपका मैं पंकज कैसा अनुभव रहा आप बताइए बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे फर्स्ट टाइम है और मैं कि लोगों की नर्सैफिंग दूर करना कोई दर्द की बात नहीं है वो थोड़ा सा दर्द होता है स्टार्टिंग में पर ये करने से आपकी बॉडी की जो भी इंप्योरिटीज़ है तो सब बाहर निकल मेरे चैनल और मेरे टीम के तरफ से आपको हेड्स ऑफ और बहुत बहुत साधुवाद आख, आपकी आंखों में साफ झलक रही है ये खुशियों की आंसू शायद ये पहला बार है इसके कारण क्या नाम है आपका दिखे दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पंकज आपसे बात कर आप मेरे पूरे टीम की तरफ से सभी को आपको सभी को साधुवाद शुभ नमस्कार मेरा नाम पंकज है और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन बेला में मैं प्रेरणा लेते हुए मैं जब यहाँ आया और देखा कि अपना ब्रह्म समाज इतना अच्छा कार्य कर रहा है तो खुद ब खुद मेरे अंदर से ये उमंग आया इच्छी इच्छा शक्ति जगी और प्रेरणा इनसे लेते हुए मुझे ये इच्छा किया कि ये कार्य जो है करना चाहिए हम सभी को करना चाहिए और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन बेला में यह रक्तदान शिविर का जो आयोजन हुआ है रक्तदान दान ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में इस संसार में जितनी भी दान है सबसे उच्च कोटि का दान रक्तदान को ही माना जाता है क्योंकि रक्तदान कितने लोगों को असंख्य लोगों को और थैलेसेमिया नामक नम, जो खतरनाक बीमारी है उस बीमारी से भी जो तो लोग लड़ रहे हैं उसे रक्षा करता है साथ में उन तमाम भाइयों को जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है उन्हें जब ये रक्त मिलेगा तो उनके जीवन में एक अलग ही खुशियों का अनुभूति होगा और केवल उन्हें ही नहीं उनसे जितने भी लोग उनके परिवार के जुड़े हुए हैं उनके सखा संबंधी साथी समाजी सबको एक चेहरे पर खुशी मिलता है जब वो ज़िंदगी और मौत से कार्य में संलग्न होना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए ऐसे समय में मैं यही संदेश दूंगा समाज को और देशवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए क्योंकि रक्त दान अगर आप और हम नहीं देंगे तो रक्त कहां से बनेगा जो लोग को तो आवश्यकता है उन्हें कहां से मिलेगा भगवान न करे कल के डेट में हमारे ही परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आवश्यकता हो अगर हम पीछे हटेंगे तो उन्हें कहाँ से मिलेगा तो इसीलिए सबको एक साथ आ के इस कार्य में संलग्न होना चाहिए और हिस्सा लेकर के इतने बड़े कार्य में सहयोग करके इसे और आगे बढ़ाना चाहिए सभी को मैं हेडसअप कहता हूँ यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं जो आज इस शिविर से जुड़े हुए हैं सबको मैं हेडसअप सब करता हूँ कि वो इतने अच्छे कार्य करते हैं उनसे मुझे भी प्रेरणा मिला बहुत बहुत धन्यवाद में तो आज कैसा रहा अनुभव अपना परिचय देते हुए बताइए थोड़ा आप सबका तो स्वागत तो है।, तो है आज का जो है यह अनुभव नई नई बहुत पुरानी है बराबर ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं आज पूर्वोत्तर ब्राह्मी समाज की ओर से यानी भगवान परशुराम के जन्म जयंती जन उत्सव पे यह कार्यक्रम किया गया है 22 तारीख को अच्छे जीता के हम लोगों ने पूजा पाठ किया इसके बाद अचानक खबर मिली कि सिलीगुड़ी शहर में रक्त की काफ़ी चाप पड़ है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता एक बहुत ही कम समय में निर्णय लिया कि सिलीगुड़ी शहर को इससे बचाने के लिए रक्त जो हो सकता है हम लोग सब तकलीफ होके और ब्लड रक्तदान का सिर्फ किया जाए इस समय बहुत ही कम समय में हमारे जो कार्यकर्ता ने जो कार्य किया है हमसे पूछे तो सही हम अभी तक तो नहीं समझ पा रहा है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी कैंप कैसे हुई? ये आज हमारे सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है मैं एक सचिव होने के नाते कहता हूँ इतनी बड़ी कैंप करने में आज सहयोग सहयोगिता मिल सका आज ये अलग जो है हम तो लोगों ने लाइन्स को आपके माध्यम से कैंप किया है मैं लाइन्स को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं समस्त हमारे मीडिया भाई श्रीगुरी नगरवासी एवं हमारे सदस्य जन को मैं धन्यवाद स्वागत है आपका मैं पंकज हमें बताइए ये ब्रह्म ऋषि बाबा परशुराम जी का तो ये परशुराम जी का जन्मोत्सव के पावन बेला को ही ध्यान में रख के आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस पर क्या प्रकाश अब डालेंगे जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ छोटे से कार्य करने को आपने शिक्षक किया 22 तारीख को ही जो प्रसुराद भगवान प्रसुरद जयंती जो हम लोग बढ़ाते हैं लेकिन शहर में बहुत जगह इसका आयोजन प्रदर्शन अच्छा के लिए उचित जगह हम लोग को नहीं देता हम लोग का उसी दिन करना है तो ये हमारे प्रभर्षि समाज युवा प्रभर्षि समाज महिला परवरसी समाज ये तीनों के सहयोग से ही इस आयोजन को हम लोग कर प्र पाए हैं और उपलक्ष्य वही है बाबा प्रसाद के प्रति हम लोग का जो दायित्व है हम लोग का एक जो हम लोग का आभार व्यक्त करने का तरीका है जैसे उन्होंने सबके कल्याण के लिए काम किया उसी तरह हमारा यह संस्था जो है सिलीगुड़ी वासी के लिए आसपास के लोगों के लिए जो, जो वक्त की कमी है उसकी पूर्ति कर सके, कर तो नहीं सकता है, लेकिन छोटा सा योगदार जरूर है इसको हम लोग रोजगार छोटा सा रोजगार समझ सिलीगुड़ी के वासियों को के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करते वा हैं ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप ये संदेश बहुत स्पष्ट है रक्तदान जैसा कि कहा जाता है रक्तदान महादान इसके सिवाय कोई दान नहीं ये एक बूँद किसी की जिंदगी है एक बूँद किसी के लिए मौत है तो अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो समझिए कि इसके इससे बड़ा ये योगदान इससे बड़ा दान कुछ मिले हर आदमी से जो भी सक्षम हो किसी तरह बीमारी से ग्रस्त ना हो डेडिकेटेड तो स्वस्थ मेडिकली तो वो स्वस्थ है तो उनको जरूर सकता है क्योंकि झूठ देने से झूठ घटता नहीं ये निरंतर बनने की प्रक्रिया में आता है इसलिए किसी तरह बहुत लोग डरते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो इस तरह के अफवाहों से दूर रहकर समाज को समाज के लिए आगे बढ़कर करना चाहिए ज़रा यही संदेश है तो सबको करना चाहिए जो भी सक्षम है उनको मानवता के लिए जरूर आगे बढ़कर आना हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं तो कैसा लगा आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप में पूर्वोत्तर ब्रम ऋषि समाज का जो युवा समाज है उसमें शामिल होकर के ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगा इसमें डोनेट करना मेरे लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है किसी का भला कर सको मेरी वजह से इस समाज का ये के लोगों का भला हो सके तो इसके पहले आप दिए हैं एक बार और दिया हुआ है ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को सबको तो ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में ब्लड जो ये होती है की कमी के वजह बहुत हो जाते हम चाहते हैं कि हर कोई सहयोग करें आगे बढ़ जाए किसी को नुकसान नहीं है इसीलिए सबको ब्लड देना चाहिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है इतने अच्छे कार्य करने के लिए मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ धन्यवाद इस स्वास्थ्य को ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे यही देंगे कि जो अगर सुरक्षा में है उसको इसमें आगे लेना चाहिए और देना चाहिए काम आगे होकर के लेना चाहिए साथ देना चाहिए क्या नाम है हालांकि हम लोग लेकिन समाज में हुए हैं अभिनंदन आज के युवा जो प्रथम बार इस तरह का बीरा उठाए हैं और सक्सेसफुल रहा उनका यह कार्यक्रम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दादा करमवीर ने बोला कि 100 से ज्यादा होने वाला है तो ये तो एक बड़ी बात है मैंने उनको बोला कितना लोग आए हैं ये एक मोटिवेशन बहुत सारे कैंप होते हैं कई लोग आते हैं कई लोग नहीं आते लेकिन कैंप में लोग लाना वो इस बात की सबूत है कि इनके साथ इसके साथ समाज के दूसरे लोगों की जो कनेक्टिविटी है जो उनके साथ संजोग है वो बहुत अच्छा है इसलिए इनके बुराए पर ये सब लोग आज रक्तदान करने के लिए